रीवा स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री में पावर प्लांट में सिलेंडर पाइपलाइन फटने से तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए घायल अवस्था में इन तीनों लोगों को अनन फानन प्राथमिक उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इनकी हालत बेहद गंभीर होने की वजह से इन्हें जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया रीवा के नवास्था चौकी अंतर्गत जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर उस वक्त हड़कम मच गया जब पावर प्लांट के अंदर बन रहे स्ट्रक्चर में सिलेंडर पाइप फटने की आवाज आई पाइप फटने की आवाज से अंदर आग लग गई और आग की चपेट में आने से तीन लोग बुरी तरह झुलस गए हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और उनकी हालत गंभीर अभी भी बनी हुई है वहीं मजदूर यूनियन के कारवाहक का अध्यक्ष ने हादसे को लेकर कहा कि इसमें पूरी तरह जेपी प्रबंधन जिम्मेवार है उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा जिन्हें जो काम नहीं आता उनसे वह काम भी जबरन कराया जाता है और फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार की कोई भी सेफ्टी किट मौजूद नहीं है जिसके कारण यह हादसा हुआ है ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री की आज सुबह साढ़े दस बजे की घटना है यहाँ के मैकेनिक डिपार्टमेंट में बिल्डर मोहम्मद लतीफ़ रामानुज और खलासी मालकान जी काम करते थे ये फ्लाई एयर साइलों के बिल्डिंग कटिंग में एयर बिल्डिंग का कार्य कर रहे थे जिसमें ओ टू व डी ए ज्वलनशील गैस होती है उनके गैस में पाइप गैस पाइप में लीकेज की प्रॉब्लम थी तो जैसे ही वो चाय पीने गए थे और वो गैस पूरे कमरे में फैल गई उन्होंने काम के लिए टॉर्च जलाई तो ज्वलनशील गैस जल गई तो उससे तीनों लोग झुलस गए तत्काल ही इनको एस डी एम रिफ़र किया गया था जहां से हालत गंभीर होने से अभी जबलपुर रिफर कर दिया गया ये आज सुबह 10 बजे की घटना है प्लांट के अंदर ये वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे उसी समय जो है पावर प्लांट के अंदर वॉयलर और वहां फटने से ये दुर्घटना हुई है और लगातार हम लोग वहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जे प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हो रही है क्योंकि वहाँ पर अभी भी साढ़े से ज़्यादा मज़दूरों को उन्होंने काम से बाहर रखा हुआ है और बाकी मजदूरों की उन्होंने छटनी कर दी है इसलिए वहाँ मेन पावर बहुत कम है और मजदूरों पर अनावश्यक दबाव बनाकर काम किया जाता है इसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है कि उनसे ज़बरदस्ती जो जिस काम के लिए टेंट नहीं है उस वर्कर से भी वो काम कराया जाता है मुख्य रूप से इस दुर्घटना के लिए जे प्रबंधन जिम्मेदार है इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके बेहतर इलाज की व्यवस्था हो हाँ ताकि ये जल से जल स्वस्थ हो सके और इस दुर्घटना के लिए जेपी प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि लगातार इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं। संगीत की किश्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडो ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक राजनीति ऐसी कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक आप देख रहे हैं दखल न्यूज